मिनट बचे हैं क्या वो इसे रोक पाएंगे हाँ नोबिता के पास बॉल है वो गोल की तरफ जा रहा है वो पूरी से बढ़ रहा है ये गोल हाँ? अरे नहीं हाँ? अरे नहीं मॉम को तो ये बहुत पसंद था अब मैं क्या करूँ

क्या करूं? करू इसे वहां छुपा देता हूं। हाँ ये ठीक है अब इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा हम्म, तुम यहां क्या कर रहे हो हाँ

नहीं कुछ भी तो नहीं मॉम अच्छा नोबिता कभी-कभी हाँ। खेलने से पहले अपना होमवर्क भी कर लिया करो समझ गए हाँ ठीक है नोबिता हाँ। तुम्हें अपनी बॉल अंदर रखनी चाहिए हाँ आज तो बाल बाल बच गया हम्म

तुम क्या पढ़ रहे हो क्या ये ये है रियालिटी पिक्चर बुक रियालिटी पिक्चर बुक क्या मैं देखूं? हाँ अरे ये तो मीचान है डोरेमान हाँ, तुमने सही कहा हाँ तो ये बुक मीचान के बारे में है अरे इस बुक में तो दो ही पेज हैं. क्योंकि इस बुक में पिक्चर मूव करती हैं नोबिता क्या सच में <laughs> अरे वा पिक्चर चेंज हो गई.

ये पिक्चर बुक तो बहुत मजेदार है हाँ? अरे क्या बात है हाँ? हाँ? अरे ये तो वही है ये हमेशा मीचान को परेशान करता है आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हाँ? ये क्या डोरेमोन तो बिना वजह ही घबरा रहा है ये तो बस एक पिक्चर बुक है असलियत में थोड़े ही हो रहा है हुँ? ये क्या वो तो पहुंच गया उसे छोड़ना मत डोरेम

मैंने उसे भगा दिया नौबिता लेकिन तुम पिक्चर बुक में कैसे दिखाई दे रहे थे वो इसलिए क्योंकि ये पिक्चर बुक बिल्कुल वही दिखाती है जो सच में हो रहा होता है समझे क्या सच में तो जो कुछ हमने पिक्चर बुक में देखा वो मीचन के साथ हो रहा था हाँ इसे यूज कैसे करते हैं सबसे पहले ये डिसाइड करो की तुम कौन सी पिक्चर बुक देखना चाहोगे कौन सी देखो ये ठीक है

चूज करोगे कैसे देखो ये तुम्हारे जैसे आलसी के लिए बिल्कुल सही बुक है नोबिता मोम को इतनी मेहनत से सारा दिन काम करते हुए देखना तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन होगा मैंने ठीक कहा ना नोबिता हाँ ठीक है इसे यूज कैसे करना है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ <laughs> पहले तुम्हें पिक्चर बुक को मोम की तरफ मोड़ना होगा उसके बाद स्विच को दबाओ

और कुछ नहीं करना है हाँ? अब कुछ नहीं करना हाँ ये बहुत आसान है ना अब मेरी बात ध्यान से सुनो ये पिक्चर बुक मोम के बारे में है नोबिता मुझे दिखाओ हाँ तुमने सही कहा अब जरा मुझे भी देखने दो हाँ वो पुरानी मैगजीन ऐसी इकट्ठी कर रही है देखो मॉम कितनी मेहनत करती है

वो तुमसे बिल्कुल अलग है नोबिता क्या वो कहाँ जा रही है हाँ? नहीं। क्या हुआ अरे नहीं वो तो स्टोरेज शेड में जा रही है अब मेरा क्या होगा क्यों? स्टोरेज शेड में क्या है हाँ? कुछ भी नहीं <laughs> तुमने फिर से कुछ छुपाया है क्यों है ना? तुम्हें फिर से टेस्ट में जीरो मिला है ऐसा तो कुछ नहीं है डोरेमाल

पिक्चर चेंज हो गई गयी हाँ? अरे नहीं अब क्या होगा वास वास हाँ? का पता चल गया क्या वास? अब मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ नोबिता कभी कोई काम ढंग से नहीं करता नोबिता वो भाग गया मैं देखती हूँ कि वो कब तक मुझसे भागता है आपकी बार मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ डोरे समझ गए

मुझे उम्मीद नहीं है कि नोबिता कभी सुधरेगा हम्म अरे रियलिटी पिक्चर बुक कहाँ है वो उसे ले गया वो हमेशा यही करता है अच्छा हुआ मैं ये बुक अपने साथ ले आया अब मैं कौन सी यूज करूँ हाँ हा, ये बुक ठीक रहेगी

घर गंदा हो गया है पी को आज मैं साफ कर देती हूँ <laughs> वो रही शिजुका हाँ। हाँ, फ्रेंड्स पिक्चर बुक को यूज करता हूँ अब मैं आराम से कहीं भी बैठकर इसे देख सकता हूँ अब इसके बाद मैं कौन सी बुक यूज करूँ हाँ हाँ अरे वा एक हेलीकॉप्टर ये बुक ठीक रहेगी

<laughs> कुछ मजा आया नोबिता मेरा हेलीकॉप्टर कैसा लगा हे hey, नोबिता जरूर तुम भी इसे ट्राई करना चाहोगे लेकिन हम करने नहीं देंगे सुनो मुझे इसे ट्राई नहीं करना <laughs> वो चला गया जाने दो बहुत हो गया जियान अब मेरा हेलीकॉप्टर वापस दे दो

अभी नहीं सुनियो मुझे अभी थोड़ी देर और चलाना है लेकिन तुम इसे काफी देर से उड़ा रहे हो जियान। घबराओ मत इसे कुछ नहीं होगा हा? अरे हा? क्या बात है जियान हा? ये कंट्रोल नहीं हो रहा क्या अरे नहीं प्लीज कुछ करो जियान। रिमोट काम नहीं कर रहा सुनियो हा? हा?

अरे वो तो चला गया ये कहने हाँ। से काम नहीं चलेगा जियान जाओ उसे ढूंढ कर लाओ जानते हो मेरे डैड इसे कल ही खरीद कर लाए थे हाँ। ये बहुत महंगा है अगर नहीं मिला तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे ये मेरी गलती नहीं है ये इस रिमोट की गलती है सुनियो तुम एक बेकार पायलट हो जियान गलती तुम्हारी है

क्या कहा तुमने हाँ? क्या तुम भूल गए? तुम किससे बात कर रहे हो सुनियो मैं सच कह रहा हूँ गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम एक बेकार पायलट हो जियान चुप हाँ? हो जाओ ये सब इस रिमोट की वजह से हुआ है ये खराब है पकड़ो हाँ? अपना रिमोट हाँ? हाँ? हाँ? रुक जाओ तुम ऐसे नहीं जा सकते प्लीज रुक जाओ जियान उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जियान अगर वो नहीं मिला तो मॉम मुझ आरोप बहुत गुस्सा करेंगी

अब मैं आराम से बैठकर पिक्चर बुक देख सकता हूँ पता नहीं शिजुका क्या होगी डोरेमोन का ये गैजेट तो कमाल का है हाँ? वो क्या कर रही है शिजुका को इंसेक्ट पकड़ना तो पसंद नहीं है फिर क्या बात हो सकती है हम्म, समझ गया उसकी कैनरी कहीं उड़ गई है पीको तुम कहाँ चली गई हो पीको वापस आ जाओ पीको

शिजुका देखो वो वहाँ पेड़ पर है ऊपर देखो शायद अब मुझे ही जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी आ, मेरा हेलीकॉप्टर पता नहीं कहाँ चला गया हुँ? अरे नोबिता हो सकता है नोबिता को कुछ पता हो पीछा करता हूँ पीको अभी तक तो मेरी पीको यहाँ से बहुत दूर चली गई होगी पीको सुनो पीको

तुम बहुत अच्छी हो अब जल्दी से नीचे आ जाओ सुनो शिजुका नोबिता मेरी पी को वहाँ समझ गया मुझे अपना नेट दे दो हाँ हा? मैंने पकड़ ली हाँ अरे

सुनियो का हेलीकॉप्टर थैंक यू नोबिता तुम कितने अच्छे हो कोई बात नहीं ए, नोबिता। हाँ। सुनो नोबिता क्या तुमने कहीं पर मेरा हेलीकॉप्टर मैंने देखा है क्या कहा सच में वो कहाँ है हम्म ये रहा सुनियो हाँ अरे ये तो मेरा हेलीकॉप्टर है ये ऊपर पेड़ में अटका हुआ था सुनियो

थैंक यू नोबिता ये हेलीकॉप्टर बहुत महंगा है मुझे माफ़ कर दो नोबिता मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा कोई बात नहीं सुनियो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा हाँ? mm -hmm. बारिश शुरू हो गई अब मैं चलती हूँ नोबिता हाँ मैं भी बाय बाय बाद में मिलते हैं अब मुझे भी अपने घर जाना चाहिए शायद मॉम अब तक मुझसे नाराज होंगी

अरे तुम सही टाइम पर आए हो अब जल्दी से मेरी मदद करो नोबिता हाँ। हाँ, मॉम पर है? वो अभी थोड़ी देर पहले ही शॉपिंग करने गई हैं ओके लेकिन पता नहीं नोबिता मॉम अम्ब्रेला लेकर गई हैं या नहीं हाँ हाँ उनके पास अम्ब्रेला नहीं है हम्म

तो बहुत अच्छा है ओ नहीं काश ये बारिश जल्दी से रुक जाए। मोम हाँ अच्छा हुआ तुम आ गए ये लीजिए मॉम थैंक यू बेटा ये लो पकड़ो आज आपने जो कपड़े धोए थे मैंने और डोरेमोन ने वो सारे अंदर रख दिए हैं मोम तुम दोनों मेरा कितना ध्यान रखते हो मैं बहुत खुश हूँ आप मुझे माफ कर दीजिए वो बास मैने ही तोड़ा था मैंने उसे सोकर बॉल ऐसी हिट कर दिया था

आप बहुत नाराज होंगी इसी मैंने उसे छुपा दिया था कोई बात नहीं बेटा मैं खुश हूं क्योंकि तुमने मुझे सब सच सच बताया है जो टूट गया उसका तो कुछ हो नहीं सकता और तुमने मुझसे माफ़ी भी मांग ली है तो अब मैं नाराज़ नहीं हूं। अब तो तुम खुश होना नोबिता बेटा हमें घर चलना चाहिए मुझे ही वाले होंगे

अच्छा लगा की नोबिता उनकी मदद करने चला गया मुझे भी बहुत खुशी हो रही है